मुझे बुरे वक्त में छोड़ दिया था और अब उसका कॉल आया कहता है कहाँ पर हो मैंने कहा मैं तो बाहर आ गई कहता है कहाँ पर मैंने कहा तेरी औकात से अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या